हेलो गाइज़ कैसे हैं आयो बा अच्छे होंगे तो हमेशा की तरह मैं कंटेंट और लेकर के आया हूं आपके लिए तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे पास ये सैमसंग का फ़ोन है सैमसंग का M11 ये मॉडल है जैसा कि आप देख सकते हो और ये इसको हम करने वाले हैं इसकी एफ़ अनलॉक करने वाले हैं जैसा कि आप देख सकते हो और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलैकन दबा लें जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे तो चलिए मैं इसमें चेक करा दूं कि एफ आर पी लगा या नहीं लगा है फ्रेंड वीडियो को लास्ट दिन तक देखेगा आप जो वीडियो आप देख रहे हैं फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको अनलॉकिंग करना है बहुत ही सेफ तरीका सा और केवल वन क्लिक में ये हमारा अनलॉक हो जाएगा तो चेकिंग फॉर इन्फो यहाँ पर आप देख सकते हो तो फ्रेंड मैं आपको जो बता दूँ आज मैं इसका जो कंटेंट है मैं यू के थ्रू आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ तो आप देख सकते हैं कोई भी स्किप का बटन नहीं आ रहा है मतलब इसमें एफ आर पी लगा हुआ है गूगल अकाउंट हम साइन इन कर देंगे तो चालू हो जाएगा तो सैमसंग का ये M11 मॉडल है फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें भी चेक करके भी दिखा दूँगा और इसका मैं टेस्ट पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें सी लगा है कॉलकम का आप यहाँ पर देखना चाहेंगे यहाँ पे जो चार आपको टिप्स दिखाई दे रहे हैं ये चार टिप्स दिखाई दे रहे हैं इसके दो जो ऊपर के टिप्स हैं फ्रेंड ये जो दो ऊपर के टिप्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं मैंने दो हटा दिए जैसे दो कवर कर दिया ये इसके ईडीएल के टेस्ट पॉइंट है फ्रेंड कॉलकम के ई का यह टेस्ट पॉइंट है बहुत इजी तरीके से ये अनलॉक हो जाएगा फ्रेंड तो आप यहां पे देख सकते हैं मैं दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं तो इसको मैं कनेक्ट करूंगा और यूएमटी से फ्रेंड वन क्लिक में आपकी एफआरपी रिमूव हो जाएगी नो no, कोई भी क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है वीडियो आपको पता है तो वीडियो स्किप कर सकते हैं नो तो वीडियो को लास्ट दिन तक आप ज़रूर देखें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलो होगा इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो फटाफट देर ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो इसका बहुत ही कम समय में आप इसकी अनलॉकिंग कर लेंगे जैसा कि हमने पे इंट्र्यूस को दिखा दिया है फ्रेंड तो करना क्या है फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें इसको हम यूएमटी टूल को हम ईपन ओपन कर लेते हैं हम यूएम टी का क्यूसीफायर ओपन करने वाले हैं ये देख सकते हैं मैं यूएमट का क्यूसीफायर कर रहा हूँ वन क्लिक में इसके फार्क रिमूव हो जाएगी कोई भी मेकवा फिर कोई भी चीज़ से आपको करने की जरूरत नहीं है ये आप देख सकते हैं आपके सामने मैं यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ ये फोन है आप वहाँ पे कम्प्लीटली देख सकते हो और ये देखते लास्ट में कि ये हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ friend. तो फाइनली अभी जैसे हमारा ओपन हो जाएगा कि नहीं बन रहा है वो सारी चीजें यहां पर दिखाई देंगे आपको तो फ्रेंड वीडियो को आप लास्ट दिन तक जरूर देखें क्योंकि आपको सारा चीज पता चल जाएगा कि ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है कहीं फेक वीडियो तो नहीं है फिर हमें रीड इंड टूल में आना है आप देख सकते हो रीड इंड टूल में आने के बाद आपको सैमसंग अपना ब्रांड से लेना है सैमसंग में यहाँ पे अपना ब्रांड सेलेक्ट कर देता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड यहाँ पे अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेना है मेरा देख सकते हैं यहाँ पे एम एलेवन है हमने ये और सिलेक्ट कर लिया है अब फोन को हमें कनेक्ट करना है फ्रेंड तो आपको एडियल हमने टेस्ट पॉइंट यहाँ पे दिखाई दी है एडियल टेस्ट पॉइंट ये दो पॉइंट को आपको टच करना है जैसा कि आपने यहाँ पे देखा हुआ था मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था एडियल टेस्ट पॉइंट को तो मैं यहाँ पे इसको टच कर देता हूँ फ्रेंड और यू केबल लगा देता हूँ फिर आगे का हम प्रोसीजर यहाँ पर करने वाले हैं तो चलिए हम यहाँ पर इसको टेस्ट पॉइंट से टच किया और यू केबल मैंने यहाँ पर लगा दिया है तो ये देख सकते हो फ्रेंड अभी हमारा तो नहीं हुआ है एक बार और, और ट्राई कर लेंगे यहाँ पे तो मैं इसको टच करता हूं और टच करने के बाद यूज भी केवल इन करते हैं फ्रेंड तो अभी आपको दिखाई दे जाएगा ये देखिए कॉलकम्प का पोर्ट हमारा बना लिया है ये फोन मैं हाथ में उठा लेता हूं देखिए मैंने डाटा केबल से लगा दिया है फ्रेंड अब दोनों सिंपल और सिंपल क्या करना है यहाँ पे एफ पे रिसेट पे क्लिक कर देना है ओके कर देना है और बहुत ही इजी तरीके से हमारे एफ पे रिमूव हो जाएगी ये देख सकते हैं डाटा केबल से आप हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं ड्राइवर हमारा कनेक्ट हो चुका है साइड में आपको यहाँ पे ड्राइवर दिखाई दे रहा है फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो और ये हमारा ये फोन है हाथ में ही फोन है हमारा और ये देख सकते हो लोडर सेंडिंग हो चुका है और कोई भी अभी तक एनआर नहीं आया हुआ है मैं लाइव प्रैक्टिकल आपके सामने कर रहा हूँ कोई भी फेक वीडियो नहीं है फ्रेंड्स और ये सारा ट है सैमसंग का भी सीपी वाइज भी हो रहा है आप यहाँ पे लाइव में देख रहे हो सैमसंग का एम फोन है आपको यहाँ पे अभी सारी चीजें यहाँ पे दिखाई भी दिए जाएंगे फ्रेंड और ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पे हो गया सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन एफ डन हो चुकी है फाइनली हमारे देख सकते हैं एफ डन हो चुकी है फ्रेंड और ये देख सकते हैं अब इसको हमने निकाल देना है और निकाल के अपने मैं आपको मोबाइल के थ्रू या फिर मैं यहीं से आपको दिखा दे रहा हूँ चार्जिंग का आईकन यहाँ पे बनना दिखाई दे रहा है यहाँ तो पे आप, आप देख सकते हैं फार हमारी डन हो चुकी है बहुत इजीली तरीके से ये देख सकते हैं हमारी फारपी डन हो चुकी है तो हम इसमें लगा लेते हैं बैटरी लगा लेते हैं उसके बाद हम इस फ़ोन को करते हैं ओपन ये वही फ़ोन है जैसा कि हमने आपको दिखाया हुआ था फ्रेंड अब इसको हम एक बार ये निकाल लेते हैं और एक बार फिर से हम इसकी बैटरी को निकाल करके वापस करेंगे और देखते हैं कि हमारा ये काम हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड तो आई हो भी वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज आ, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड और जो भी आपको अपडेटेड होगा मैं आपको अपडेट हमेशा करूंगा ये फोन अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैं आपके सामने भी लाइव करके दिखाऊंगा कि ये हमारा एक्चुअल में हटा कि नहीं हटा तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेक हो गया था फोन एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया था आप यहाँ पे देख सकते हो कलकम्पोर्ट और यहाँ पे एम हमने यहाँ पे लिया था मॉडल और ये एम का ही है फ्रेंड और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको बैनरीज दिखाई दे रही है यूट्यूब एनडरी दिखाई दे रही है फ्रेंड्स और यहाँ पे और आप यहाँ पे देख सकते हो फार हमारा हो चुका है एंड्रॉयड वर्जन 11 है फ्रेंड आप देख सकते हो एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे 11 है जो कि बहुत ईजी तरीके से हमारा यहाँ पे अनलॉक हो चुका है तो अभी इस पर आपको फाइनली लास्ट तक हम करके दिखाएंगे कि ये हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड तो अभी स्टार्टिंग हो रहा है देख सकते हैं हमारा फोन स्टार्ट हो चुका है अब मैं आपको यहाँ पे फाइनली ऑन करके दिखा देता हूँ कि हमारा ये काम हुआ कि नहीं हुआ नेक्स्ट करेंगे ये नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मैं आपके सामने लाइव भी कर रहा हूँ अब यहाँ पे हम जाएंगे और ये देखेंगे कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट हम मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ ये देख सकते हैं आप गेटिंग फॉर योर फोन रेडी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और फाइनली uh, वीडियो पर लाइक और कमेंट करें जरूर फ्रेंड जैसे कि आपको पता चलेगा जस्ट अ सेकेंड आपको यहाँ पे थोड़ा मैं क्रॉस इसलिए दिखा रहा हूँ कैसे करूँगा तो शायद आपको दिखाई ना दे तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ और क्रॉस करके आपको दिखा रहा हूँ तो जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे भी अभी दिखाई दे रहा है चेकिंग इन फू मैं आ, बार बार ये कहता हूँ तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे आ, स्किप का बटन आ चुका है ये देख सकते हैं यहाँ पर स्किप का बटन आ चुका है तो फाइनली हम इसे कर देते हैं स्किप और यहाँ पर भी कर देते हैं स्किप ये देख सकते हैं इस मतलब हमारा ये जॉब डन हो चुका है फ्रेंड तो ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा यहाँ पे भी हम कर देते हैं स्किप स्किप एनीवेज आप यहां पे देख सकते हो पैटर्न ये सारा प्रोसेस आगे बढ़ रहा है अभी अब गटिंग फॉर योर रेडी यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं गेटिंग फॉर योर रेडी फोन मतलब ये हमारा जॉप डर्न हो चुका है वन क्लिक में एम वन एम एलेवन की फार पे चुटकी में जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है आप यहाँ पे देख सकते हो तो फाइनली ये देख सकते हैं आप इसको हमें कर देना है नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है मैं आपके सामने सब लाइव भी कर रहा हूँ यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ यहाँ पे अभी स्किप कर देंगे जो भी मांग रहा है यहाँ पे तो देख सकते हैं वो रेडी फिनिश हो चुका है और अभी हमारा ये जॉब डन हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ट्रिक आपको कैसा लगा फ्रेंड ये सॉपअप किया ओके किया और यहाँ पर डन डन और यहाँ पर आती है ये जितना हमें टाइम नहीं लगा खोलने में उतना हमें फ़िनिशिंग लग रहा है कि कब जल्दी हो जाए यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर हम कर देंगे स्किप और यहाँ पे भी कर देंगे स्किप और यहाँ पे देखिए अभी हमारा जॉब डन हो जाएगा फ्रेंड तो आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कनेक्ट बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा और ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है पर ये काम हंड्रेड परसेंट कर रहा है मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अनलॉक हो चुका है ये वही फ़ोन है और ये देख सकते हैं प्रॉपरली तरीके से अनलॉक हो गया है फ्रेंड ठीक है अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा तो आप देख सकते हो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच